गाइस क्या आपको मालूम है जिस पे है है सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिखा गाइस लोगों को तो मालूम बाय से रिलेटेड है और गाइस मैं बता मैं बात कर रहा हूँ पूरा बंडल है जिसकी शर्ट पर लिखा है सब्सक्राइब और गाइस अगर आपको भी